कुछ महीनों की राहत के बाद दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर तीन तिमाहियों में सबसे कम रही हालांकि रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ में यह नरनी तात्कालिक है और भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी ही वापस रफ्तार पकड़ लेगी मुडिज में उभरते बाजारों के परिदृश्य आरोप पर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की वृद्धि वर्ग पर चर्चा की है मुडिस का कहना है कि पिछले साल के अंत में जीडीपी ग्रोथ रेट में आई कमी तात्कालिक है यह नरमी मांग पक्ष के दबाव को दूर करने में मदद कर रही है मुडीस का कहना है कि अभी घरेलू अर्थव्यवस्था ही वृद्धि वर्ग के लिए इंजन का काम कर रही है और इसमें सुधार आने की गुंजाइश है बाहरी कारकों को देखे तो यहाँ भी भारत के लिए अनुकूल तस्वीर उभर रही है अमेरिका और यूरोप में अच्छी रिकवरी हो रही है जो भारत की वृद्धि दर के लिए मददगार है अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि आर्थिक वृद्धि दर में दिसंबर तिमाही के दौरान आई नर्मी बहुत समय तक नहीं टिकने वाली है आधिकारिक अनुमान को देखे तो भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सात फीसदी की दर ऐसी वृद्धि कर सकती है हालांकि दिसंबर पिमाही की नरमी ने इस अनुमान को थोड़ा मुश्किल बनाया है अगर अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अंतिम पिमाही यानी जनवरी से मार्च 2023 के दौरान पांच फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने में कामयाब रहती है तो पूरे वित्त वर्ष के लिए आधिकारिक अनुमान को हासिल कर पाना संभव हो जाए